हेलो फ्रेंड्स जैसे आपको पता है आज ही के दिन विंडो इलेवन आने वाली है तो फिर आज उनका इवेंट है जैसे को पता बड़ी बड़ी कंपनियां इवेंट करते हैं कोई भी प्रोडक्ट या फिर अपना बिग अपडेट लाने के लिए तो फिर विंडो इलेवन भी अपना बिग अपडेट लाने वाला है इलेवन ई एम ई मतलब ईटी मतलब ईस्टर्न टाइम ईस्टर्न टाइम का आ, इंडियन में कन्वर्ट करेंगे आई में तो फिर उसका एट uh, यह 8:30 पीएम को uh, आज ही के दिन 8:30 पीएम रात को माइक्रोसॉफ्ट uh, अपना इवेंट लॉन्च करने वाला है आपको एक डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिसमें आप इवेंट के जॉइन कर सकते हो तो फिर वो वी व्यू उस ईवेंट को ज्वाइन करना है। उसमें आपको पता चलेगा उसको तो कैसे इंस्टॉल करें और पर्सनल यूजर के लिए, के लिए कब वो लाइव होगी तो फिर अभी आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रही होगी आपकी स्क्रीन में आपने अब आप स्क्रीनशॉट देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि इवेंट कब है उसको आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए या फिर इंटरनेट में डाल दीजिए ईटी को वो गूगल दिखाएगा कि एट थर्टी पी एम तो फिर आप उसमें पता ला सकते हैं कब आपका आ, इवेंट है तो आप विंडो इलेवन को यूज कर सकते हो ऐसे विंडो इलेवन कल तक हम लोग को मिल जाएगी सबको ये वीडियो अच्छी लगी तो आ, इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो बाय